हम नहीं है फर्स्ट क्लास डेड पिच जहाँ पेट मेलबोर्न मतलब आज की एक सौ बारह साल की तारीख लेट कर रहे हैं, तो टॉम मूडी लिख रहा है ये वनडे मैच हो रहा है हालांकि भी करेक्ट करूंगा की मेरे भाई वनडे नहीं है तो टी ट्वेंटी मैच हुआ है पहले बीस ओवर भी टी हुआ है और बाद में तो मुझे टी टेन लीग लग रही थी क्योंकि अक्सर मैचों में 10 ओवर में सौ रन बन रहे हैं तो ये तो 10 में <coughs> छिया है, अब अब है इंग्लैंड ने रिकॉर्ड बना दिया क्रिकेट में ये नहीं लगान टाइप की क्रिकेट में भी कभी इतने सारे रचल टाइप यार मतलब आपने तो वो वाला काम कर दिया की अपना सर आपका रहा ना पाओ आपका रहा जी ठीक है आप तो दरमियान से भी कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए सलवारों में सुराख कर दिए उन्होंने आपकी अच्छा। आप आपकी से हार जाते हो चाहिए चलो उसको तो क्रिकेट बोल के आगे के आगे निकल गए अबे रन लक्की 300 प्लस बॉल पे 101 पे 101 ऑस्ट्रेलिया खिलाफ तालियां और पूछोगे अबे एक दिन बॉल हो रही है दूसरे दिन पहुंच रही है उस पर भी तू इतनी बॉले लेकर रन बना रहा है अंटेबल नहीं करोगे दोस्ती तो यारी में खिलाते रहोगे तो फिर तो ऐसा तो होगा तुम्हारे साथ तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के केंगा कर दिया है इन कर दिया है तो, मगर अपनी लूटी हुई का बदला तो ले लो भर लोजा सूजी जगह को जो है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में दोस्तों इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया जिसमे इंग्लैंड ने पाकिस्तानी बॉलरों की धज्जिया उड़ाते हुए रिकॉर्ड बना दिया है एक ही दिन में चार सौ लगाया है तो चलिए देखते हैं वीडियो को और चैनल पर पहले आए तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद इस कप्तानी को कप्तान को हटाओ जो पांच सौ रन पढ़वा अपने बोलर को इंग्लैंड ने हाँ। तुम्हें नंगा किया अपने स्ट्राइक रेट से तुम्हें उसी स्ट्राइक रेट से मार दिया जिसका रोना पिछले दो साल से हम लोग बोलते आ रहे हैं ये इनका स्ट्राइक रेट ही नहीं है भाई आपको हल्का कहा पकड़ा उन्होंने उन्होंने बोला इतने एक दिन में मारो आए तो आंखें तो मलते रह जाएंगी मल मतलब क्या क्या मल सुने बाबर कह रहे हैं बिल्ली पकड़ के लाओ मेरे पास इंग्लैंड ने मेरी बिल्ली मार्ग बिल्ली पकड़ के लाओ जो इंग्लैंड खेलेगा दोपहर अच्छा बिल्ली के साथ रहे हैं और जिस प्याले में खा पी रही है ठीक तो है, हाँ। के चिंगा। की को उसी हाँ। करती है टीम की जीत जिसपे जहाँ पर आ जाए वहाँ प्लेयर की परफॉर्मेंस को मैटर करते हैं अच्छा अब ये करता क्या है ये करता यह है जहाँ देखता है की मेरी और रिजबान की परफॉर्मेंस या मेरे दोस्तों यारो के अलावा किसी की परफॉर्मेंस आई है की लग गई है की। <laughs> अच्छा किया से। सकलेन इतना सीनियर इनका कोच है दूसरा के सकलेन भाई को बाहर मरती है तो मरने दें तबाह होती है तो होने दें अगर आप इस तरह के क्रिकेट खेलेंगे इस तरह डर और खौफ से रहेंगे तो आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलें। टोटल इसने दो तीन साल में ना बारह के तेरह मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास के हारिस हरिस ने टोटल तो भाई जिस बंदे की हर साल चार मैचों की एवरेज ना हो चार मैचों की आप टेस्ट खिलाएंगे आप ये देख लें उसको शीशा आईना दिखाया तो उसे जाए आप खेल लें मतलब ये मीज राज जो सिर्फ पंद्रह सोलह महीने पहले चा, चा करता था YouTube पे वो रमीज राज जमा कर रहे हैं महीना रहे दो महीने रहे चार महीने रहे जाना तो रमीज ने है ये सारी चीजें उसके बारे में निकलेंगी आप याद रखना अभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर आया था इन झुलझुलों से इन कबर में लटकी भी भे, भेड़ो से निकाले ने जब तक आप देखे दुनिया दुनिया में में स्पोर्ट्स जा रही है? दुनिया में लोग ला रहे हैं उन लोगों को जो वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं आप पाकिस्तान में कुदरत का निजाम ला रहे हैं पानी आता है हवा आता है गैस निकल जाता है गैस आ जाता है मुंह में इनके फटकार आ जाता है और ये रमीज राजा तो को, इतना कोई इतना कोई मतलब आखरी दर्जे की कोई क्या देखो चांसेस वही पे मजा आएगा चाहे वो टी ट्वेंटी क्रिकेट हो चाहे वो पचास ओवर की क्रिकेट हो या वो टेस्ट क्रिकेट, के लिए अच्छी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट हो अगर आप बिल्कुल या बिल्कुल जैसे बांग्लादेश बनाता है टी ट्वेंटी की पिचेस 120 करना भी महाल हो जाता है उस पर वो मजा नहीं आता और अगर उसी तरह अगर आप टेस्ट क्रिकेट को भी उसी तरह बना दें बिल्कुल रोड बना दें वो लोगों ने टाइग किया हुआ कि ये तो रोड है बीच में पिच की जगह पे रोड डाली हुई है हाईवे और जीटी टी रोड तो ये अगर इसी तरह की तो ये क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है क्रिकेट हमारी क्रिकेट के साथ जो करेगी वो ये नहीं देख पाते ना कुछ लोग अकल के आंखों के दिमाग के शकल के अंधे होते हैं ये भाई इस रंजो को मत दे वो देखे उन्होंने अपने मेन बॉलर अभी मैंने आपको बताया अपने मेन बॉलर से उन्होंने देख लिया यहां जोर लगाने का कोई फायदा नहीं नहीं बाकी हमने तारीफ तो कर दी ना इमामुल अच्छा uh, की और अब्दुल्ला शफी की अच्छा खेल रहे हैं नब्बे क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज दिस के आप करें ना की औसत से हम आपको मान जाएंगे आप यहाँ विकेट छोड़ते ना जो घास है यहाँ हैदर साहब यहाँ घास जरा सी थोड़ा सा तो फिर अभी आपसे इजाजत ही ले लें ले भाई जान यानी रात को आ जाएंगे फिर हाँ तो चले दिन पांच सौ रन टेस्ट मैच के पहले दिन पांच सौ रन कभी नहीं हुआ भाई ये काम पहले टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ और और इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 506 सिर्फ में में 90 90 ओवर पूरे पूरे हो हो जाते तो तो जाना था था पे पे अगर होते तो पक्का जिस रफ्तार से वो खेल रहे थे टी के बाद तो उन्होंने एक्सीटर पे पाँव क्या रखा और वो गेर शेर उतार के फेंक दिए चार चार चौके लग रहे हैं भाई छह चौके लग रहे हैं छ लगाया टाइमर, टाइमर लगाए लग और यह सूरत हाल है और चार बंदों ने पहले दिन सेंचुरी कर दीपन आ... वेरी एक ही टीम के चार बंदों ने पहले ही दिन खेलते हुए सेंचुरी कर दी भाई या कोई और भी सवाल बीच में है सवाल तो और भी बड़े हैं लेकिन जवाब नहीं है इनके पास मसला सवाल तो हम करते रहते हैं जवाब नहीं मिलते की सेंचुरी वो खेलते हैं जन आपको बताया वो तो खेलते नीचे के नंबरों पे है ओपनिंग करवा दी पर और अभी आपको मालों में चौतीस निकल निकल वो जो मोहम्मद अली आपने किले डाला ना वो जो टालता टालता आता आगे ये तो खुशनसीब है रिव्यू लिया आउट हो गया का बहुत ग्राउंड में सूरता है 8.29 की या 1.6 की औसत से आखिरी सेशन आया है 8.8 पॉइंट रन पर ओवर ये कहा बनते हैं किस गेम में बनते हैं तोबा तोबा जिस तरह निकल निकल के मोहम्मद अली साहब को वो पंचेज मार रहा था बैंक स्ट्रोक और ब्रुक ने जिस तरह बैटिंग किया उसने दिखाया क्रिकेट आज चार वर्ल्ड रिकॉर्ड 500 बन चुकी हैं एक जाहिद की 200 कल और आ जाएंगी नसीम की और मोहम्मद अली साहब की और भी कहीं आएंगी शर्म से डूब मरे ये जो क्रिकेट आप खिला रहे हैं ना, आप किसी कोने में हैं। और आपके बंदा आपको और अंदर करे लानत है ऐसी क्रिकेट पे वैसे माजरत के साथ ये पिच बनाई है, ये पिच इतना अवाम थी उनको यह दिखाना था वो थोड़े से आए हैं इंग्लिश स्पेक्टेटर थोड़े से हैंडफुल लेकिन वो इतने खुश खुश गए और यूं देखते राम ने। spectators... कुछ तो तो तो रह गया तो वो भी पूछ रहे, हैं ये जो बता रहे हैं। और कुछ रह गया आपने तो स्पेक्टेटर्स की वो जो इंग्लैंड बर्मी जो भी नाम है वो आए हुए है लेकिन यहाँ पे हमारे मीडिया बॉक्स में भाई वो कच्छक पहन के बैठे हुए है इंग्लैंड के जो इंग्लिश साफी है तो वो भाई जान मुस्कुरा रहे हैं देख रहे हैं खुश गपियों में लगे हुए ऐसे ऐसे देखते हैं हाँ जी मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं इधर सजे पासे तकने ने फिर खब्बे पासे तकने ने और देखते हैं हाँ जी हाँ जी मजा आ रहे हैं